मत मोमिन की गमशुदा चीज है ये जहाँ से मिले इसे हासिल कर लो हसद करने वाले शख्स के लिए यही सज़ा काफ़ी है जब तुम खुश होते हो वो उदास हो जाता है दुनिया में हाथ की तरह मत बनो जो फूल को तोड़ता है बल्कि उस फूल की तरह बनो जो तोड़ने वाले को भी खुशबू देता है बादशाह ने अपने वज़ीर को एक अंगूठी दी और कहा इस पर एक ऐसा जुमला लिखवाओ अगर मैं खुशी में देखूं, तो उदास हो जाऊं, और गम में देखूं, तो खुश हो जाऊं। वज़ीर ने लिखवाया ये वक़्त भी गुज़र जाएगा सबसे अनमोल तोहफ़ा जो आप किसी को दे सकते हैं वो वक़्त है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो देने के बाद कभी वापस नहीं आता अल्लाह को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया और अल्लाह को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया तू करता वो है जो तू चाहता है पर होता वो है जो रब्लामीन चाहता है तू कर वो जो रब्बालमीन चाहता है फिर होगा वो जो तू चाहता है जिंदगी की परेशानियों की अक्सर दो वजूहत होती हैं हम अमल करते हैं बगैर सोचे हुए और सोचते रहते हैं बगैर अमल किए